छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाय योजना के तहत 277 जोड़ों का पंजीयन किया गया था जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के तीन निकाय व हिंदू समाज के गायत्री मंत्र द्वारा विवाह को संपन्न कराया गया वहीं इस योजना के तहत सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़ों को पचपन हजार रूपए दिए जाएंगे शिवराज सिंह चौहान की कन्या विवाह एवं निकाय योजना के तहत दो जोड़ों का पंजीयन परासिया में हुआ जिसके तहत पेंचवैली ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय के तीन निकाय और हिंदू समुदाय की बाकी शादियां विधि के साथ हुई इस कन्या विवाह और निकाय योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार नव जोड़ों को पचपन हजार रूपए देगी जिसमें ग्यारह हजार रूपए नगद रहेंगे और बकाया राशि का सामान नवविवाहितों को दिया जाएगा विवाह संपन्न होने पर सभी नव जोड़ों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एस व जनपद सीईओ के साथ शासन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा जैसे कि हमारे परिवार के से विवाह सम्पादित किया गया इससे हमारे तीन मुसलमान जुड़े तीन संपादित हुए साथ ही इन जो हमारे दो सौ चौहत्तर जुड़े हमारे चार कल्याणी महिलाएं भी थी जिनका हमें पुनर्विवाह इस कार्यक्रम के माध्यम ऐसी सम्पादित हुआ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मकल